सॉरी हम आपकी वाइफ को बचा सकते डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब मरियम मरियम मरियम तुम आज नहीं मर सकती मरियम आज तो कपड़ों पे सेल लगी हुई है और वो भी फिफ्टी परसेंट ऑफ सेवेंटी परसेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ तो फिर चले शॉपिंग पे भाई हर जगह सेल लगी हुई है फिफ्टी परसेंट ऑफ सेवेंटी परसेंट ऑफ मुफ्त में नहीं चीजें और भाई वह लड़की ली हो